क्या आप लोगों को पता है ईमेल का आविष्कार किसने और कब किया था ईमेल का आविष्कार किसी अमेरिका ने नहीं, नहीं बल्कि एक चौदह वर्षीय भारतीय बालक शिव अयुद्धे ने 1978 में किया था और दुख की बात यह है कि उनको भारत में बहुत ही कम लोग जानते हैं एक लाइक तो बनती है अपने भारतीय के लिए